पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे डिटेक्टिव मैं मुझ में खो रहे तू रंग लाया दिल का लगा में पहली बार आया था तू तु। मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा